नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी और आज़ाद और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त विजयराम आज़ाद आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से YouTube पर हम एक वीडियो अपलोड करें तो आपको हम आज बताते हैं कि किस प्रकार से YouTube पर फर्स्ट वीडियो अपलोड करें तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल में आप जा कर के यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट आप यूट्यूब में जैसे ही आप जाएँगे YouTube में यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट तो आपको यहाँ पर क्रिएट सेक्शन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक लाइव गू लाइव का ऑप्शन आता है दूसरा अपलोड वीडियो का तो आपको अपलोड वीडियो पर जो रिकॉर्डेड वीडियो हुआ है पहले से उसको आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है जैसे अपलोड वीडियो पर आप क्लिक करेंगे आपके लिए यूट्यूब क्रिएटर इस्टूडियो पर आपको भेज देगा तो आप पहुँच जाएँगे यूट्यूब क्रिएटर इस्टूडियो पर और फिर वहाँ पर आपको अपनी वीडियो फाइल जो है वह अपलोड करनी होगी तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर खुल चुका है यहाँ पर लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल टू तो अपलोड तो कहीं से आप उठा करके इस पर आप रख भी सकते हैं साथ ही आप इस पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है यहाँ आप अपनी फाइल पर पहुँच जाएँगे जैसा कि मैं अपने यहाँ पर फाइल पर आ गया हूँ सोनी मैट का यह लोगो है या फिल्मी लोगो है तो इस प्रकार से हमने भी यहाँ पर कुछ फ़ाइलें जो है बना रखी हैं तो सिंपल सी बात है कि हम जो यहाँ पर वीडियो आज अपलोड करने वाले हों वह अपलोड के यह करने वाले हैं तो हम इसे ओपन लेंगे और ओपन लेने के बाद हम देखेंगे हमारी यहाँ पर फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है और अब हमारी फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है अब फाइल जो है हमारी यहाँ पर हमें फ़ाइल का नाम देना होगा तो सिंपल हम नाम दे देंगे इसे एंड पिक्चर जैसा लोगों कैसे बनाएँ जैसा जैसा लोगों कैसे बनाए जैसा लोगों कैसे बनाए ने अपना यहाँ पर ये यह दे दिया और इसे इंग्लिश में भी अगर आप देना चाहें तो इंग्लिस में भी दे सकते हैं हाउ टू करिएट एंड लाइक तो सिंपल सा इसे आप यहाँ पर दे देंगे इसे यहाँ पर हम जो है इसे हटा देंगे और अपनी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो आप लिख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ चैनल को लाइक कमेंट कमेंट सब्सक्राइब करें अब इसके बाद आते हैं हम नीचे तो यहाँ पर हमें एक करना होगा यहाँ पर थंबनेल अपलोड तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कुछ थंबनेल हैं तो हम इसमें अपना एक थंबनेल होता है अपलोड थंबनेल तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपलोड जो आपका थंबनेल है उसके लिए आप अपलोड करना है तो सिंपल सा जहाँ पर भी आपका थम्बेल है तो आप वहाँ पर जाएँगे और अपने थम्बेल को वहाँ से ले लेंगे तो हमारा थम्बेल सिंपल सा यहीं कहीं डला होगा तो हम अपने थम्बेल को ढूँढ लेते हैं और थम्बेल जो भी है उसको ढूंढने के बाद हम यहां पर इसे लगा देंगे तो शायद हमारा थम्बेल डैक् पर भी हो सकता है डैस्कॉप पर नहीं अगर तो कहीं और भी हो सकता है तो हमें आज अपने थम को ढूंढने के सबसे पहले ज़रूरत है कि गया किधर क्योंकि थंबेल कल रात्र में रात्रि में ही बनाए थे हो सकता है कि इसक्रीन शॉट में चला गया हो थंबेल कुछ कहा नहीं जा सकता है तो एंड पिक्चर का थंबेल जो है ए रहा तो इसको हम ले लेंगे कर लेंगे ओपन ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यह थम्बेल आ चुका है आप देखेंगे एंड पिक्चर वर्ड वगैरह जो है इसका यह आ चुका है तो कंप्यूटर या लैपटॉप बना एंड पिक्चर फिल्म जैसा लोग तो यहाँ पर अगर किसी प्ले को आपको चुनना है तो प्ले को आप चुन लेंगे तो मैं यहाँ पर अभी ग्रीनिश ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो है इसको हमें चुने ले रहा हूँ इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर से आपका एक ज़रूरी टैब होता है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कर देंगे नो एड्स नोट मेड फॉर कांड जानी या बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है अब यहाँ पर नीचे आपको जाना होगा शो मोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आप आ जाएंगे आपके वीडियो पर किसी प्रकार से ए, पेड वाला अगर कोई प्रमोशन चल रहा है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं मेरे पर ऐसा कुछ नहीं है बाकी आपको अलाउ ऑटोट कैप्चर यहाँ पर क्लिक कर देना है और साथ ही यहाँ पर देखेंगे आप ग्रीन स्क्रीन वगैरह जो भी आपको यहाँ पर टैक्स में लिखना है वो आप लिख सकते हैं अब इसके साथ नीचे लिखना है वो लैंग्वेज तो यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है वो है हमारी लैंग्वेज है हिंदी तो हम सिंपल सा यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे जैसे हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम कर देंगे ये रही हमारी हिंदी तो हमने लैंग्वेज चुन ली हिंदी अब इसके बाद यहाँ पर जो कैप्शन सर्टिफिकेशन है इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है और नहीं है वहाँ पर कभी चलने वाला है तो सिंपल सा हमें रिकॉर्डेड के हम डेट डाल देंगे यहाँ पर यहाँ पर लोकेशन अगर डालना है तो डाल देंगे हम यहाँ पर डाल दिया हमने इंडिया तो ये हमारी इंडिया लोकेशन हो गई अब इसके बाद आपको आना आपको आना है नीचे और नीचे आने के बाद आप स्टैंड यूट्यूब लाइसेंस तो ये तो वो बताता है वाक़ी आपको वाला पुपल्स वगैरह वा ये सारी चीज़ें आपको करना है अब ये क्या है फिल्म एंड एनिमेशन तो फिल्म एंड एनिमेशन है या फिर एजुकेशन तो हमारा इस पर हमने एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डाली है इसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट यहाँ ने पर देखिए जो है वीडियो एलिमेंट्स है तो वीडियो एलिमेंट तो वीडियो एलिमेंट्स पर हमारे लिए क्लिक करना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एड्स टाइटल जो है एड्स टाइटल्स हमारे लिए यहाँ पर जोड़ना होगा तो वह हमारा ऑटो अगर लगा हुआ होगा तो हमारा ऑटो कैप्चर कर लेगा वरना ना मैनुअल भी हम इसमें डाल सकते हैं तो सिंपल सा कि हम यहाँ पर एक छोटा सा डाले दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह हम यहाँ पर लिखे देते हैं आप देख सकते हैं लिखा गया यही लिखा गया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं इसी के साथ हम यहां पर कर देंगे डन डन करने के बाद यहाँ ने पर सीधा नेक्स्ट पर आएंगे आप देख रहे हैं कि यह अपलोड हो रहा है तो यह अपलोड होने के बाद यहां पर आता है तो यहां पर सिंपल सा एड एंड एंड एड, स्क्रीन तो इस पर हमारे लिए जो पहले से हमें एंड एड, स्क्रीन इस पर हम यूज करते थे वही एंड स्क्रीन जो है हमारी अभी यहाँ पर कुछ ही समय में शो करने लगेंगी तो उन्हीं में से जो है हम एंड स्क्रीन यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हमें चुनना होगा यहाँ पर ये तो सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पर हमारा चुना हुआ है या हमें चुनना होगा वीडियो तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कोई भी अपनी इस वीडियो के यहाँ की एक वीडियो को यहाँ से हम चुन लेते हैं सिंपल सामने इस वीडियो को चुन लिया अब दूसरा हमें यहाँ पर भी एक वीडियो को जो प्लेलिस्ट है तो इसमें हमें एक प्ले को चुनना है तो हमें यहाँ पर फिर सिंपल से वहाँ जाएँगे और आप देख सकते हैं इस प्ले को हमने यहाँ पर चुन लिया अब इसे हम कर देंगे सेव सेव करने के बाद हम इसे बढ़ेंगे आगे और बढ़ते ही इस पर हमें आना पड़ेगा ऐड कार्ड्स पर तो हमें यहाँ पर अगर कार्ड्स लगाना है तो हम यहाँ पर कोई भी कार्ड्स लगा सकते हैं हम यहाँ पर लगाएंगे एक वीडियो का कार्ड्स तो यहाँ पर हमें कोई वीडियो जो है वो हमें यहाँ पर अपनी लेनी लोगी तो हमने यहाँ पर ले ली न्यूज डेट सिक्स वाली और यहाँ पर अभी आपको कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइक और इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी और जस्ट नीचे पेस्ट कर दे तो यहाँ पर जो भी आप इस पर कस्टम मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप इस पर दे सकते हैं इसके बाद हम कर देंगे इसे सेव और सेव करते ही सीधा हम आगे पढ़ेंगे अब हमें इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसने चेक कर लिया है पर कॉपीराइट वगैरह कुछ तो नहीं है तो कॉपीराइट राइट इशू नो इशू फाउंड यानी हमारे इस पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यह हमारी विजिबिलिटी पे जाकर खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए आप सेफ और पब्लिक यहाँ पर प्राइवेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और अनलिस्टेड है और पब्लिक है तो हमें सिंपल से यहाँ पर पब्लिक पर करना है और शेफ्ट एस इंस्टेंट प्रीमियम यानी कि आपका कुछ समय बाद बाद में चलेगा तो वो हमें नहीं करना है शेड्यूल हमें नहीं करना हमें करना है सीधा पब्लिक पे तो आप देख सकते हैं अब हमें से पब्लिक पर हम क्लिक कर देंगे पब्लिक पर क्लिक करते ही हमारी वीडियो जो है तो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो की लिंक जो है हमारे लिए यहाँ पर आ चुकी है तो इस प्रकार से की जाती है पूरी नए यूट्यूब पर एक नई वीडियो अपलोड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर और साथ ही आइकन कर प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके आपको ताकि आप ना करें कोई भी वीडियो मिस धन्यवाद मित्रों